तभी कहा जाता है कि पूर्णवध पूर्ण मिदम पूर्णापूर्ण दे पूर्ण पूर्ण आदाय पूर्ण वशिष्ट दे आप जीवन में संसार में रहते हुए जितना काम करो पूर्णता की प्राप्ति नहीं होगी सभी काम अधूरे रह जाएंगे पर पूर्णता की प्राप्ति कब होगी जब इस जीव को उस जीवात्मा से मिलाने के लिए आप प्रयत्न करें श्रीमद भागवत का ये लक्ष्य है कि परमात्मा का ध्यान कैसे करना चाहिए परमात्मा की भक्ति कैसे करना चाहिए संसार के माया मोह से बैराग्य कैसे करना चाहिए एक साथ करने का प्रयास करोगे परिचित तो नहीं कर पाओगे तो सने सने धीरे धीरे मायामो से धीरे धीरे अपने मन को हटाओ अब उस मन को परमात्मा के चरणों में लगाओ जोड़ो तब आपके शरीर को पूर्णता की प्राप्ति हो परिचित आप छह दिनों से भूखे यहां बैठ करके आप भगवान प्रथा श्रमण तक रहे और जो त्याग करता है जो त्याग करता है उसी को कुछ प्राप्त होता है जो त्याग नहीं करता वो कुछ वस्तु प्राप्त नहीं कर सकता एक किसान अपने खेत में अगर वो कुछ दाना अन्न का अगर नहीं डालेगा तो उस धरती से वो अपेक्षा नहीं कर सकता कि मुझे इस धरती से कुछ मिल जाएगा आपको उस धरती पर कुछ न कुछ अन्न के दाने डालने पड़ेंगे तब आप अपेक्षा कर सकते हो कि उस धरती से तुम्हें कुछ प्राप्त हो जाएगा ईश्वर कहते हैं कि कुछ क्या करो मैं तो बहुत देने के लिए तैयार हूं हमारे सामने सभी घटनाएं घटती हैं और उन घटनाओं को हम देख करके अपनी आंखें बंद कर देते हैं और बंद करके भी एकदम अनजाना बन के बैठ जाते हैं जब हम खेत में अन्न डालते हैं थोड़ा सा इतना लेके आते हैं कितने गुनी धरती माता हमें वापस करती है और जब तक आप त्याग नहीं करोगे अन्न जिसे हम खेत में डालते अपने घर उस बीज को इतना ज्यादा संभाल के रखा जाता है कि हमारे वक्त में यह सही सलामत रहे ऐसे ही इस मन को इतना ज्यादा संभालो इस तन को इतना ज्यादा संभालो कि अंत समय में हम जो चाहे इस तरीके से उपयोग कर सकते हैं काम ले सकते हैं, समय में वाले कहते हैं राम का नाम ले ले जी कहता है बड़ी वाली दीदी आगे परिवार वाले कह रहे हैं भगवान का नाम ले ले अंत का समय है अब वो गृहस्थ में लगा रहता है तो चित्त जहां चिपका रहता है ध्यान उसी पर जाता है राजा परिचित से सुखदेव जी महाराज ने कहा राजा परिचित चित्र को परमात्मा में चिपका इन गृहस्थियों में परिवार में जो चित्त आपका चिपका हुआ है वहां से चित्र को निकालो ये आपको साथ देने वाले नहीं हैं कहां तक जाएंगे परिवार के लोग स्नान घाटर जाएंगे घर की जो पत्नी है अर्धावनी घर के दरवाजे तक आपके साथ देंगे तुम्हारे साथ कौन जाएगा वह ईश्वर का जो कि तुम्हें आपका मनन चिंतन जो होगा वही आपके साथ जाएगा और वहां वो काम आएंगे परिवार के लोग थोड़े दिन तक के आपके दुख में शामिल होंगे जो आपके हित हैं है साल भर कुछ दूर कैसे जा रहे हैं तेरह तक कुछ और दूर कैसे जा रहे हैं प्रथम दिन तक बाकी सब आपको भूल जाएंगे किया हुआ शुभ और अशुभ कर्म प्राणी के साथ जाता है और जो तुम और अशुभ कर्म जो घर में किए जाते हैं वह परिवार के साथ बना रहता है परीक्षित धरती के बोझ बनने से अच्छा है कुछ ऐसा कर्म कर लो कि परिवार के लिए भी समाज के लिए भी हमारे पूर्वजों के लिए भी एक नाम मन जाए कुछ ऐसा करके धरती से जाना चाहिए मैंने तुम्हें सभी बातें ज्ञान की बताई भक्ति की बताई वैरावी की, की बताई बैराग्य का मतलब यह नहीं कि घर त्याग करके तुम जंगल में बैठ करके तपस्या करो बैराग का मतलब वो होता है कि जो राग आपने परिवार के लोगों के प्रति लगाया है जो प्रेम आपने परिवार के प्रति लगाया है उस राग में कमी करते जाओ धीरे जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ता है वैसे वैसे ज्ञान होना चाहिए इनसे हमारा कोई प्रयोजन नहीं ये सब स्वार्थ के साथ बिना स्वार्थ के यहाँ कोई काम नहीं होता धरती में भूल जाओ हरे चरहिता कवि ने कहा है कि आपके जो पुत्र हैं आपकी सिवा कर रहे हैं आपके पास संपत्ति है तब आपने अन्न की प्राप्ति हुई जिससे हमारे छुजा का निवारण हुआ पर जितना दिया उसमें आपको शांति नहीं है उनके लिए आपके मुंह में कोई धन्यवाद का शब्द नहीं नहीं हुआ उसके लिए शिकायत है तो आपका पुत्र होगा सामने जवाब दे देना प्रितोलोक हितो नृपहरिया प्रश्न तो लोक प्रितोलोको नृपह राजा परिचित आप अपने लिए प्रश्न नहीं किए क्यों क्या आपने प्रश्न किया है लोक हित के लिए इस संसार में जितने प्राणी जन्म लेकर आए हैं उनको एक ने एक दिन यहां से जाना है तो आपने जो प्रश्न किया है वो अपने लिए नहीं किया आपने पूरे लोगों के लिए किया संसार के लिए किया इसलिए आपका पुरुष जो था वो संसार के उद्धार के लिए था संसार में जो ग्रसित प्राणी है माया मोह के बंधन बंधे हुए हैं उनको समय के अनुसार उन माया से धीरे-धीरे अपने मन को हटा करके उपासना का शाब्दिक अर्थ यही है उपासना का तात्पर्य यह नहीं कि आपने दाल भात बंद कर दिया और अच्छा अच्छा मीठा केला सेब खा लिया उपासना नहीं यह उपासना का एक साधन हो सकता है उपासना वह नहीं है उपासना वह है जिस संसार में आप रहते हो वहां से कुछ क्षण निकालो और वहां से आवास माने बैठना, वहां से खड़े हो जाओ और के पास बैठो कुछ क्षण आप वहां से संसार से व्यक्ति को प्राप्त करो आप ईश्वर के पास बैठो वहां जाकर के परमात्मा के करो सत्संग करो यह है उपासना का शाब्दिक अर्थ यह नहीं की आज उपास आलो सलामतु काही फली डाल के खाए ना अब वो वो का साधन है वो। और साधन है और मौत टारा था दरवाजे पर खड़े हो पर तुम्हारी इच्छा और तुम्हारी लालसा अभी अपनी दादी की विवाह की कथा सुनने की चर्चा सुनने की है तुम्हारी जो लालसा है वह मैं पूर्ण करता हूँ ध्यान से श्रवण करना राजा तो परिचय तैयार हो गए दादी की कथा है नातीम बबा हो दादी गोदी में बैठे तो बड़ा सुंदर सुंदर कहानी सुनते हैं आज का मेला चल रहा था और वो मेला धार्मिक मेला था नंद बाबा के पास भी कुरुक्षेत्र से निमंत्रण आया था कि बाबा में मांग का महीना है और यहाँ धर्मनगरी में धर्म मेला लगा हुआ है आइए यहाँ बहुत से साधु महात्मा आ रहे हैं उनका दर्शन हो जाएगा सत्संग हो जाएगा सभी अपने हितैषियों को लेकर के नंदा भी तैयार हुए इधर वासुदेव जी महाराज मथुरा से निकले इधर गौरव पांडव सभी पुरुष क्षेत्र में। पुरुष क्षेत्र में बहुत से साधु महात्मा जो हजारों वर्ष से तपस्या कर रहे थे सभी पुरुष क्षेत्र आए हुए थे पता चला कि वहाँ द्वारकाधीश भी आने वाले हैं जहाँ कोई छोटा मोटा कार्यक्रम होता है और कोई बड़ी हस्ती आने का समाचार मिले तो वहाँ का प्रशासन अलर्ट हो जाता है कि कुछ बड़े अधिकारी हैं या नेता है वो आ रहे हैं तो उनके हिसाब से फिर व्यवस्था की जाती है मेले के अंदर मेला समिति को पता चला कि द्वारकाधीश भी इस मेले में अपनी सहभागिता सहभागिता देने के लिए आ रहे हैं अपने परिवार के साथ तो प्रशासन अलर्ट हो गया व्यवस्था करने के लिए और जितने गोकुल के लोग थे भगवान के मित्र वो भी अपने पूरा परिकर के साथ समाज के साथ परिवार के साथ सब कुरुक्षेत्र गए थे द्वारकाधीश अपने रथ में बैठ करके अपने सेवकों के साथ धीरे धीरे धीरे धीरे कुरुक्षेत्र में जा रहे सभी वहां गए जैसे वहां पहुंचे तो किसी ने कहा गोकुलवासियों से कि द्वारकाधीश भी आ रहे हैं तो उनको तो द्वारकाधीश से द्वारकाधीश ने सुन च नहीं पाया था ये द्वारकाधीश कौन है वो जानते नहीं क्योंकि तो उनके कानों में मात्र एक नाम था वो इसी नाम को ही जानते थे द्वारकाधीश से उनका कोई संबंध नहीं गोकुलवासियों ने कहा ये द्वारकाधीश कौन है भाई बोले ये द्वारका के राजा है इस कुरुक्षेत्र में मेला में वो भी अपनी सहभागिता देने आ रहे हैं सभी को लालसा हुई इच्छा हुई चलो भाई द्वारकाधीश कौन है देखे इस बार सभी रास्ते में खड़े हो गए सुरक्षा गार्ड ने कहा भैया किनारे हट जाओ द्वारकाधीश पधार रहे हैं ये सुरक्षा का मामला है आप किनारे किनारे रहो यहां से द्वारकाधीश गुजरेंगे ये रास्ता उनके लिए है आप गोकुलवासी देखे भाई ये द्वारकाधीश है कौन उनके लिए इतनी व्यवस्था की जा रही है देखे तो एक बार जैसे ही देखे रहते बैठे भगवान द्वारकाधीश गोकुलवासियों ने कहा अब तो बिल्कुल से हटने वाले न चाहे और सामने आ गए रास्ते गार्ड ने कहा हमने आपको बार बार चेतावनी दी इस रास्ते से हट जाओ यहाँ से द्वारकाधी गुजरने वाले हैं अब आप बीच में खड़े हो गए बिंदा सेवको ने कहा आप लोग कहा से आए हो बोलो हम बोले हम गोकुल के राजा वो तो द्वारकाधी से है तो हम हम भी गोकुल के राजा हैं और तुम्हारे महाराज से कह देना कि रास्ते में तुम्हारे बाप खड़े सेव गए और जाके कहा महाराज अपना रथ यहीं पर रो कर रखिए क्यों सामने कुछ गड़बड़ है महाराज तो हम क्लियर कर ले फिर चलना क्या हुआ, क्या हुआ क्या है बोले सामने कुछ खड़े हैं लोग अब वो कहते हैं कि द्वारकाधी से कह देना कि रास्ते में तुम्हारे बाप खड़े हैं समझ गए ये कौन कह सकता है समझ गए ऐसे शब्दों से मुझे संबोधित कौन कर सकता है जो अपना होता है जिसके प्रति जिसका अधिकार होता है वो ऐसे शब्दों का उपयोग करता है द्वारका समझ गए मेरे गोकुलवासी के सिवाय वे कोई नहीं हो सकता क्योंकि उनके साथ मेरा ऐसा ही संबंध मैंने उनके साथ खेला है मैंने उनके साथ चोरी लीला की है मैं ही उनके साथ रह करके इतना बड़ा हुआ और उनका अधिकार बनता है ये शब्द बोलने का अपने रथ से उतर गए भगवान और जैसे रथ से उतरे गोकुलवासी सभी सामने खड़े गोकुलवासियों को देख करके भगवान बहुत प्रसन्न हुए सबको अपने हृदय से लगाया और सब फिर साफ होकर के गौरव पांडव देव देवेव नंद बाबा यशोदा मैया सब साफ होकर के फिर मेला में धार्मिक नगरी मेला में भ्रमण करके आनंद ले रहे कुछ समय तक वहाँ रहे नंद बाबा ने भगवान भावा से कहा कन्हैया जब हम यहाँ आ गए हैं जब हम यहाँ आ गए हैं क्षेत्र में तो मैं चाहता हूं कि कोई अपने हाथ से धर्म कर्म हो जाए जिससे आने वाले जो समय है उसकी सदगति हो हमारी सदगति हो जाए कुछ धर्म कर्म पूजा पाठ हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा कुछ दान पुण्य हमारे हाथ से हो जाएगा कहते हैं कि तीर्थ यात्रा में जाने से वहां दान करने से उस दान का महत्व कई हजार गुना बढ़ जाता है कन्हैया ने कहा दादाजी आप क्या करना चाहते हो बोलो यज्ञ करना चाहते हो तो मैं यज्ञ की व्यवस्था करवा देता हूँ सत्संग करवाना चाहते हो तो मैं ससंग की व्यवस्था करवा देता करवा देना चाहता दान करना चाहते हो तो मैं दान की व्यवस्था करवा देना चाहता हूँ नंद बाबा ने कहा यज्ञ नारायण की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है और यज्ञ नारायण की सेवा करते करते उसमें सभी आ जाएंगे दान भी आ जाएगा सत्संग भी आ जाएगा हवन भी हो जाएगा पूजा पाठ भी होगा। भगवान तो ने वहाँ एक यज्ञ की रचना की जहाँ नंद बाबा बैठ करके अपने सभी फल के साथ यज्ञ की रचना में शामिल हुए यज्ञ के लिए अपने हाथ उस समय तक वृक्ष में रहे फिर वापस अपने अपने घर आता सभी जब एक साथ जब परिवार के और समाज के लोग मिलते हैं परस्पर एक दूसरों से अपने घर की बातें मन की बातें और जो अपने हृदय की बातें हैं एक दूसरे से परस्पर बांटते हैं जिससे अपना जो पुण्य है वह बढ़ जाए तो हम क्या करते हैं पुण्य तो बांटते हैं पर पाप को छुपाते हैं हमें सबसे बड़ा द्रुप नहीं है हम पुण्य को बांटते हैं अभी गिर है मिलाहाबाद जो मिला उसी को होता है अरे पुन को जैसे बांट रहे हैं अच्छी बात है आप कभी तो बांटो आज मेरे हाथों से ऐसा हुआ क्यों नहीं बताते? तो उसको छुपाते हो जो, जो चीज छिपाने के लायक है उसको तुम बताते हो और जो बताने के लायक है उसे छुपाते हो शास्त्र यही कहता है कि आपके पास गुड़ है बताओ कोई दिक्कत नहीं पर जो अगुण है उसे भी तुम्हें बताना चाहिए उसे छुपाना भी चाहिए अगुण छुपाने से अगुण और बढ़ते हैं आप अवुण को जितना छुपाओगे आपके शरीर के अंदर और के अंदर और के अंदर वो अवुण और बढ़ते चले जाते हैं और को वो उत्तेजित करते हैं इसलिए गुण के साथ अगुण का भी वर्णन करना चाहिए जो अवगुण है उसे भी कह देना चाहिए तो जैसे आपका पुण्य आपके बताने से पुण्य बढ़ता है वैसे आपके अवगुण जब आप दूसरों को बताओगे तो अवुण आपका दोष लोग कम हो जाएंगे वो कम होता है और बढ़ता है इसलिए अगुण को भी बताना चाहिए अब सभी लोग वहाँ गो में रहे ज्ञान की बहुत से बातें हुई और अपने अपने धाम सब पहुँच गए हमारी ये ही तो बहन है अब वो सयानी हो गई अब उसकी विवाह की चिंता मुझे सता रही मैं तो चाहता हूं कि जितना जल्दी से जल्दी हो अपनी बहन का संज्ञा करके कपिदा कर क्योंकि आपका भी परिवार हो गया मेरा भी परिवार हो गया अब बहन बेचारी घर में है अब उनका भी जो कन्यादान करके जो हमारा एक धर्म है हमारा कर्तव्य है उस कर्तव्य को पूरा करके फिर यहाँ से जाने का भी तो समय आ गया है अपना लीला सम्वरण करके यहाँ से हमें जाना भी है तो अपने कर्तव्य का पूरा सही तरीके से पालन करते हुए अपने जीवन का निर्वाह करते हुए जो हमारे कर्तव्य है उसका पूरा उसको पूरा करते हुए फिर यहाँ से जाने के व्यवस्था करेंगे कन्हैया ने कहा भैया मैं भी तैयार हूं कन्हैया ने कहा भैया तो आपके नजर में कोई ऐसा वर है जिसको अपनी कन्या का हम हाथ दे दें उनके साथ अपनी कन्यादान कर दें बलराम ने कहा मेरे नजर में एक वर है कौन है भैया अरे वो मेरा बड़ा अच्छा शिष्य है आज्ञाकारी शिष्य है मैं चाहता हूं कि अपनी बहन बहन का विवाह अपने उसी शिष्य के साथ कर दू क्योंकि वो हमेशा मेरे नजर के सामने और जो मित्र है मेरा वो भी अच्छा है पहलवान है मुझसे वो गदा सीख रहा था पहले वो मेरा शिष्य है वो नाम क्या है बताओ तो बोले दुर्योधन मैं चाहता हूं कि अपने बहन का विवाह दुर्योधन के साथ कर दू भगवान ने कहा कदापि नहीं और राम ने कहा फिर तेरे नजर कोई बड़ है बोले ढूंढ लेंगे हो जाएगा समय आने को पर परे दुर्धन विवाह अपनी बहन का हाथ मरने के लिए तैयार नहीं बलराम ने कहा तू हमेशा जिद्द करता है मेरी बातों को मेरी बातों को मानने के पहले ही उसकी अवहेलना कर देता है तेरे सामने कुछ बात रखने की मेरे को ना जरूरत ही नहीं है कभी नहीं माना मेरा बात चल तू बता क्या करे सब हो जाएगा समय आने दो मन ही मन भगवान कृष्ण का जो शिष्य था अर्जुन भगवान की बहन को मन ही मन वो चाहता था भगवान को पता भगवान ने कहा अगर मैं कह दू अपने भैया से कि मेरा भी एक शिष्य है जो मेरी बहन को चाहता है वो धनुर्धर है तो बलराम जी कहेंगे कि तुझे अपने शिष्य की पड़ी इसलिए तू तो अपने शिष्य को सामने कर रहा है मेरे शिष्य की परवाह मुझे नहीं इसलिए मेरी बात काट दिया इसलिए बताने की कोई आवश्यकता नहीं भगवान ने कहा यह बातें गुप्त रफ सब काम अंदर अंदर होना चाहिए अर्जुन को बुलाया भगवान ने अर्जुन मैं तेरी सभी भावनाएं जानता हूं बोले प्रभु मैं तो आपका दास हूं और मेरी भावनाएं अगर आपको पता नहीं होगी तो किसको होगी अर्जुन के दिल के अंदर क्या है आपको पता है कुछ करते क्यों नहीं फिर आप आदेश दे भगवान ने कहा चलो जाओ और जा करके महात्मा का वेश बनाओ और फेस बना करके पहुंच जाओ गाँव में रहना अब वहाँ साधु जैसा रहना कोई ऐसा इधर उधर का काम नहीं करना कहीं पकड़े जाओ अब एक बात यदि पकड़े गए तो बड़े भैया के हाथ से फंस नहीं पाओ इसलिए हिसाब से जाना अब अर्जुन वहाँ से निकले अब तो पहुंच गए द्वारिका जैसे द्वारिका गई तो वहाँ द्वारिका से पहले जंगल था जंगल में जाकर के अपने कुछ और शिष्यों को साथ रखा अर्जुन और सबको साधु का भेद बना करके उसी जंगल में रहने लगे अब वो जंगल में है लेकिन गांव तक खबर पहुंचे कैसे तो किसी किसी को भेज देता था जाओ भिक्षा के लिए जाओ और वहां से भिक्षा लेकर आना कोई महात्मा जाते थे वहां भिक्षा लेने के लिए घर घर में जाकर भिक्षा लेते और सबसे कहते थे कि बहुत बड़े महात्मा आपके गाँव के बाहर बैठे सिद्ध योगी हैं बहुत दूर से आए हैं वो किसी के दरवाजे जाते नहीं हम उनके शिष्य हैं, हम उनके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं आपके घर से कोई मुठ्ठी भर चावल मिल जाए आटा मिल जाए जो मिल जाए उसी से हम भोजन बना करके अपने गुरु जी का सुधा का निवारण करते अब गांव वाले धीरे धीरे जाने लगे कि भाई हमारे गाँव के बाहर इतना बड़ा महात्मा आया जरूर दर्शन करें सब जाने लगे अर्जुन के पास बैठ कर के महाराज मेरा भी हाथ देखो मेरे ग्रह क्षत्र दिखो अर्जुन देख रहे हैं तेरे घर के सामने दो कुआँ हैं हाँ महाराज पीछे बरगद का पेड़ है हाँ महाराज हाँ बहुत सारी गाय हैं हाँ महाराज तेरे घर में पांच कमरे हैं हाँ बिल्कुल महाराज जैसे जैसे बताया जा रहे हैं अर्जुन वो बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्ट होता जा रहा है सामने वाला बोले इसको कैसे पता मेरे घर पूरा विश्वास बोलने लगा ये महात्मा बहुत बड़े योगी बहुत बड़े ज्ञानी अर्जुन यहाँ के रहने वाले थोड़ी है वो तो द्वारिका में कई हजारों साल के आए हैं वहां तो हर घर के बारे में अर्जुन को पता है कि किसके घर में क्या है जैसे जैसे आ रहा है सबको बता रहे हैं तुम्हारे पांच लड़के छोटा लड़का का विवाह अभी अभी आपने किया है वहां से आप बहू लेकर आए आपके बड़ी बहू के चार बेटे हैं सब बता रहे हैं अर्जुन सबको पता है अर्जुन के बारे में अब जो सबके बारे में कंठस्व याद करके बैठा हुआ है सिद्ध योगी बन के बैठा है कोई गलत काम नहीं होना चाहिए एक भी शब्द इधर को उधर नहीं होना चाहिए अगर एक शब्द इधर का उधर हुआ पूरा मेरा भेद भेद खुल जाएगा इसलिए संभल करके बिल्कुल सबके बारे में बता रहे हैं धीरे धीरे ये बात बलराम जी के कानों में के भी पड़ गई एक गए और जा भैया हमारे यहाँ द्वार सामने जो जंगल है वहाँ एक सिद्ध योगी आए मैं तो आपसे कहता हूँ यार की बहन भी सारी होगी बहुत दिन हो गए कोई विवाह हुआ का आपके यहाँ चर्चा नहीं हो रहा है तो मैं तो कहता हूँ कोई ग्रह चल्च चल्च, कोई खराब हो महात्मा से पूछ लो कुछ पूजा पाठ करवा लो जिससे आपके जो बहन के विवाह में रुकावट है वो दूर हो जाए अब आपके बहन की विवाह हो जाए बलराम ने कहा तूने बहुत अच्छा काम किया अच्छा बता दिया मैं अभी जाता हूँ महात्मा से मिलने के लिए बलराम जी अपने सेवकों को लेकर के अब के पास जैसे दूर से अर्जुन ने भगवान को देखा बलराम जी को आते हुए पसीने से नहा गए अर्जुन अंदर से पूरा पसीने से नहा गए अर्जुन अब मेरा क्या होगा बड़े भैया आ रहे कहीं मेरा भेद खुला तो उनका जो हल है मुशल है मेरे काम फिराएगा इसलिए अर्जुन भी कर बैठ गए आज भैया के सामने भी अब उनको दिखा दूंगा कि मैं भी पूर्ण योगी हूं मैं संत बनकर बैठा हूं तो मैं संत ही बनकर बैठा रहूंगा चाहे मेरे सामने कुछ भी हो जाए बलराम जी पहुंचे प्रणाम अर्जुन ने खूब आशीर्वाद दिया आशीर्वाद दिया शिष्य प्रसन्न हो तुम्हारी मनोकामना पूरी है आपकी बहन है तुम उनकी शादी में जो रुकावट है उसके बारे में प्रश्न करना चाहते हो बैठो और राम ने कहा मेरे प्रश्न करने से पहले ही इनको कैसे ज्ञात हो गया कि मेरी बहन है उसकी शादी के लिए मैं इधर उधर भटक रहा हूं आप तो महात्मा के सामने बलराम जी बिल्कुल बैठ जाए महाराज जी कोई उपाय हो तो बताओ बिल्कुल चिंता मत हो बालक अपनी बहन की के विवाह की बिल्कुल चिंता मत हमारे नजर में तुम्हारी बहन का विवाह बहुत जल्दी हो जाए ये हमें दिखाई दे रहा है महाराज जी जब आप यहाँ आई गई हो और सारी बातें मुझे आपने बता दी मेरे शंका का समाधान भी आपने कर दिया तो मैं तो कहता हूं मेरे घर में आप अपना चरण रखो, मेरा घर पवित्र हो जाएगा साधु महात्माओं का चरण जिस घर में पड़ जाता है उस घर को समझ लो साक्षात तीर्थ माना जाता है साक्षात तीर्थ माना जाता है और जहां संत पहुंच गए अगर आपने उनकी चरणों को अगर धोकर के चरणामृत ले लिया तो समझ लो आपके सारे कष्ट मिट गए तो जहां साधु पहुंच जाए साधु की चरणों के से जहां कीचड़ हो जाए जहां उसके पैर से हो जाए, वह घर पवित्र माना जाता है और नहीं तो बोले ऐसा चंदन का वृक्ष है आपका घर जिसको कोई आदमी स्पर्श नहीं कर सकता क्योंकि चंदन के वृक्ष में सर्प ही सर्प लिपते रहते ऐसा अपना घर समझो जहाँ साधु महात्मा जिस घर में नहीं जाते उस घर को आप चंदन का वृक्ष समझो कोई काम का नहीं क्योंकि आप स्पष्ट भी नहीं कर सकते की कथा है बहुत प्रचंबित करने वाली कथा आध्यात्मिक अच्छा कथा है ना इतने में बलराम जी ने उनको निमंत्रण दे दिया कि महाराज आज शाम मेरे घर प्रसाद पाइए और हमारे घर को पवित्र भी महाराज बलराम घर गए क्या करके कन्हैया से कहा मैं एक महात्मा से मिलकर आया द्वारका देव सामने जो जंगल है वहीं बैठे हैं वहीं समाधि लगाए बैठे हैं। मैंने आज उनको अपने यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित किया है उनकी व्यवस्था में कोई कमी ना हो तुम देखना जवाबदारी ऐसी जवाबदारी सेवा का अवसर मिले महात्मा का अब आप तो वहां से याद है संपूर्ण जवाबदारी मेरी उस महात्मा की सेवा करने की संपूर्ण जवाबदारी मेरी है आप बिल्कुल चिंता मत करना वो आएंगे हमारे यहाँ भोजन करेंगे और यहाँ से जाने की संपूर्ण जवाबदारी जैसे ही महात्मा को लेने के लिए कन्हैया पहुंचे अर्जुन ने कहा कन्हैया बचा लेना भैया आए थे पांच सौ तो डिग्री बुखार मुझे हुआ था। बचा लेना भगवान ने कहा गड़बड़ मत करना तुम्हारे साथ मैं भी चला जाऊंगा ये पापड़ मैं तेरे लिए पेड़ रहा हूं मुझे पता है कि तू मन ही मन हमारी बहन से प्रेम करता है और मेरी बहन भी तुम्हें ही चाहता है इसलिए मैं चाहता हूं कि दोनों मिल जाएं ऐसा कहकर करके कन्हैया ने कहा चलो तैयार हो जाओ शाम को हमारे यहाँ भोजन है और तो वही रहना कोई गड़बड़ नहीं करना अब चलें भगवान लेकर के गए अर्जुन को निम में अंदर से ही कैसे आवाज आई बलराम ने कहा क्यों कन्हैया महात्मा जी आ गए बोले हाँ महाराज जी महात्मा को लेकर मैं कन्हैया जोर से चिल्ला रहे हैं इसको सुभद्रा बहन महात्मा जी आ गए उनकी खातिरदारी के लिए जल ले आओ सुभद्रा पहुंच रही है थाल लेकर के रोटे में जल लेकर के स्वागत किया अंदर ले गए बिठाला भोजन का समय हो गया जब भोजन का समय हो गया तो फाटा में अर्जुन को बिठाया और कन्हैया अंदर गए और सुभद्रा से कहती हैं बहन को बहुत सुंदर भोजन कराना जो उनको, जो उनको रुचि है उनके अनुसार भोजन कराना कोई कमी नहीं होने देना मैं सामने खड़ा ऐसा कह करके कन्हैया भी वहां से न दो क्या अब जिनकी विवाह होना है उन्हें सामने रहने दो अब अर्जुन बैठे हैं महात्मा बने और सुभद्रा मैया थाल लेकर आई सामने रखा और जैसे ही महात्मा ने से जल फेरा सुभद्रा मैया कहती है इस महात्मा को मैंने कहीं देखा ये जान पहचान टाइप का महात्मा लगता है कही अर्जुन तो नहीं सुभद्रा ने कहा है, अगर सीधा पुष्प हो क्या तुम अर्जुन हो और कहीं नहीं हुए तो, तो गड़बड़ हो जाएगा क्या करूं परीक्षा लेकर थोड़ा अंदर गए अब अंदर जाकर के एक दीवार का सहारा लेकर के वो अर्जुन ऐसा कहते चिल्लाई आवाज और जैसे ही अर्जुन कहा तब अर्जुन ने ऐसा ऐसा करके देखने का प्रयास किया सुभद्रा समझ गए काहे ठोगी बाबा बने बैठे हो हमारा कहे ठोगी बाबा बन के बैठे हो तब अर्जुन ने कहा देवी ये सब पापड़ आपके लिए पेला जा रहा है जितने कष्ट सह रहे हैं हम लोग ये महात्मा का जो गेटअप हमने लिया है स्वरूप धारण किया है ये सब आपके लिए किया है महाराज अब तुम्हें कोई डर डरने की कोई जरूरत नहीं है अब अब तुम इस में निकल जाओगे से करो अब अपने स्थान चलो भगवान ने कहा अर्जुन समय उचित है इधर उधर की बातें मत करना जो काम के लिए आए हो काम करो यहाँ से निकलो अर्जुन कहा महाराज समय सही है बोले हाँ भैया कहा है बोले वो भी अपने कमरे में अपने कमरे में है वो बिना आवाज के बाहर नहीं आएंगे तुम अपना काम करो और चलो अर्जुन ने अपने साथियों से कहा हमारा रथ लेकर आओ रथ लेकर आए और सुभद्रा को करके के रथ बिठाला नौ दो ग्यारह जैसे नौ दो ग्यारह हुए किसने द्वारका ने देख लिया दौड़ के घर में आए बलराम से कहा महाराज गजब हो गया बलराम ने कहा क्या हुआ बोले जो महात्मा आपके घर भोजन करने आए थे वो तो आपकी बहन को, आप को लेकर के भाग गई बलराम ने कहा ओ हो इतना चरमी पाखंडी हो महात्मा मैंने उनको अपने यहां भोजन के लिए आमंत्रित किया अब वो मेरी ही बहन को लेकर के भाग गया इसका प्राण लेने के लिए मैं अब जाता हूँ वो महात्मा बच नहीं पाएगा मेरे हाथ बलराम ने अपना हाल घुसल दिया अपना रस लिया उसमें बैठ गए और बैठ करके महात्मा के रथ के पीछे लगा दिया अपना रथ रास्ते में कन्हैया बैठे हुए थे रास्ते में कन्हैया बैठे हुए थे बलराम ने कहा तू क्या कर रहा है बोले मैं बैठा समय पास कर रहा कुछ काम नहीं तुमने नहीं सुना कहने कहा क्या वो महात्मा जिसे मैंने अपने यहाँ भोजन के लिए बुलाया था वो महात्मा हमारी बहन को लेकर के यहां से भाग गया क्या कहते हो बाप बोले भैया बोले पूरा द्वारका वासियों को पता है तू ऐसा पूछ रहा है तुझे कुछ पता ही नहीं ने कहा महाराज सुना तो मैंने भी है तो कुछ करते क्यों नहीं हमारी बहन को वो लेकर भाग गया और तू यहां कहता है सुना तो मैंने भी है तो कुछ करता क्यों नहीं है तू बैठा रहा यही मैं जा रहा उस ढोंगी महात्मा को छोड़ूंगा नहीं बिना मारे उसको छोड़ूंगा नहीं भगवान ने कहा जब आप नहीं छोड़ोगे तो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ वो भी रस में बैठ गए अब चले जा रहे हैं दोनों भाई चिल्ला रहे बलराम महात्मा रुको महात्मा रुको तुम्हारे प्राण बचने वाले नहीं कन्हैया ने कहा महाराज एक बात तुमने देखा बड़राम ने कहा क्या बात आप जो तो कह रहे थे कि महात्मा ने हमारी बहन का हृदय ले गया महात्मा जो है हमारी बहन को हर घर के हाथ ले जा रहे हैं पर मैं क्या देख रहा हूँ कि रस तो हमारी बहन हाँक रही रथ में जो घोड़े जोत रहे हैं उनका जो लगाम है जो उनकी रस्सी है हमारी बहन के हाथ में है। है? बलराम क्या कह रहा है? देखो, जैसे ही बलराम ने देखा की तरफ, तो घोड़े का जो लगाम होता है वो सुभद्रा अपने हाथ में रखी हुई है क्यों चुका तो देव जी ने राजा परीक्षय से कहा अर्जुन का एक नाम है सब्य भगवान कथा में इतना आनंद है कि आप इस कथा को मूलतः सुनोगे तो इस कथा का जो रहस्य है वो समझ में आता है हर कथा के पीछे एक संदर्भ होता है बिना संदर्भ के कोई कथा पुराणों में नहीं आती हमारे जीवन में उस कथा का क्या प्रभाव होना चाहिए संदर्भ ये कहता है अब कथा के साथ संदर्भ बताते जाओगे तो कथा का जो आंग है जो रस है वो कई गुना पड़ जाता है भगवान ने कहा भैया हमारी बहन के हाथ में घोड़े दल है अब तुम कह रहे थे एक महात्मा लेकर के हमारी बहन को जा रहा है यहाँ तो उठता है बलराम ने कहा तो क्या कहता है बलराम जैसे देखे तो हाथों सुभद्र तो के हाथ में रथ का जो समान है घोड़े का जो लगाम है सुभद्र के हाथों में बलराम ने कहा ऐसे कैसे हो गया बलराम जिस सोच रहे हैं ऐसे कैसे हो गया फिर सोचा ये कौन हो सकता है कौर से देखा तो अर्जुन के हाथ में और सुभद्रा घोड़े के लगाम को लेकर के रथ हाथ रही है अर्जुन का एक नाम है सप्षाची। सप्षाची का मतलब होता है अर्जुन अपने दोनों हाथों से बाढ़ों का इस्तेमाल करके युद्ध क्षेत्र में अपने सामने आए हुए दुश्मन का नाश करने में ताकतवर है इसलिए उनको सभ्य सांची कहा गया है दोनों हाथों से एक बराबर ध्वज बाढ़ का प्रयोग करते थे सुभद्रा ने कहा स्वामी रथ का जो बाघ है दूर वो मुझे मैं और आप आप के पीछे जो भी दुश्मन आए आप उनके साथ युद्ध करो इसलिए सुभद्रा अपने हाथ में रथ का बाघ दो लेती है और इधर अर्जुन अपने हाथ में बाण लेकर के जो पीछे आ रहे हैं सैनिक उनके साथ युद्ध करने के लिए तैयार है बलराम ने सोचा ये कौन हो सकता है जैसे ही अर्जुन ने बाढ़ का प्रयोग दोनों हाथों से करना प्रारंभ किया बलराम समझ गए ये है। कन्हैया ने कहा बलराम ने कहा कन्हैया से कन्हैया मुझे सच सताना ये कौन है मुझे तो लगता है इस खेल में तू भी शामिल है। जाए अब कन्हैया समझ गया कि मेरा भी खेद खुल छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं तब कन्हैया ने बलराम से कहा भैया वो अर्जुन से शादी अपने शिष्य से करना चाहा तो तूने मेरी बात को काट दिया पर तू अपने शिष्य के साथ अर्जुन के साथ अपनी बहन की विवाह करना चाहता था इसलिए तूने मुझे कुछ नहीं बताया और सब काम अंदर अंदर ही करवाता रहा आने दे अर्जुन को मैं उसे बताता भगवान ने कहा अर्जुन रुक जाओ सब काम सही सलामत हो गया है अर्जुन का रखी रुक गया अर्जुन सामने आए अब भगवान बलराम के चरणों में गिर गए और जैसे ही चरणों में गिरे तो बलराम ने कहा अर्जुन के e महात्माओं का ठो तुमने क्यों किया अर्जुन ने कहा महाराज हम तो कठपुतली हैं सा की जो शब्दों की मर्यादा है अर्जुन ये नर है अर्जुन नर है परमात्मा नारायण है अर्जुन ने कहा हम तो महाराज आपके हाथों की कठपुंडली हैं, आप जैसा नचाओगे वैसा हम ना राम ने कहा अर्जुन तुमने जो अपना गुरु बनाया है तुमने जो अपना गुरु बनाया है आपके गुरु के लायक ही है अब कन्हैया ने जिसे शिष्य बनाया है वो कन्हैया के शिष्य के लायक है। इसीलिए तुम्हारे जो अंतरात्मा की जो बातें हैं वो कोई तीसरा समझ नहीं पाएगा तुम्हारे और कन्हैया के बीच के जो अंतरंग बातें हैं वो तुम दोनों ही समझ पाओगे कोई तीसरा तुम्हारे अंतरंग की बातें समझ नहीं पाएगा अब तुम्हें कन्हैया ने ही समाधान किया अब आज तुम कन्हैया के बातों को मान कर आज अपनी हमारी जो बहन है उनके आप पति बनकर के यहाँ से जा रहे हैं बड़ा मुझे बड़ा पसंद हुए कन्हैया से कहा कन्हैया तुमने अच्छा काम किया कन्हैया ने कहा भैया ये बहुत दिनों की बात है। हमारी बहन सुमधरा बिना अर्जुन को चाहती थी मैंने कई बार ऐसा देखा और आप जो विवाह कर रहे थे उसमें प्रेम एक तरफ था मात्र आपका प्रेम था दुर्योधन के तरफ और दुर्योधन का प्रेम था हमारी बहन के तरफ पर हमारी बहन का प्रेम दुर्योधन तरफ नहीं है और ऐसा अगर हम विपरीत विवाह करते हैं तो हमारी बहन वहां सुखी नहीं रहेगी। और यहां अर्जुन भी चाहता है और इधर हमारी बहन भी चाहती है तो यहां परस्पर प्रेम है आप परस्पर प्रेम में ही परिवार चलता है जहां परस्पर प्रेम ना हो उस घर में शांति की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए एक दूसरे के साथ प्रेम परस्पर होना चाहिए घनिष्ठ होना चाहिए तब परिवार में आप सुख और शांति की अपेक्षा कर सकते हो और जहां परस्पर प्रेम ना हो उस घर में शांति की अपेक्षा नहीं की जा सकती इसलिए आज की दादी विवाह का जो चर्चा है मैंने तुम्हें संक्षेप में सुनाया भगवान ने अपने बहन को अपने बहन का कन्यादान अर्जुन के साथ दिया उन्हें विजय किया बहुत से संपत्ति दी भगवान ने खूब आशीर्वाद अर्जुन को दिया अर्जुन अपने पत्नी को धर्म पत्नी को लेकर के अपने घर स्थापना पर पहुंच गए वहां सुखी से आनंद से रहने लगे इधर राजा परिचित बड़ा प्रसन्न हो गए क्यों क्योंकि अपनी दादी चर्चा को रहे कि हमारी दादी का विवाह ऐसे हुआ था इतना ज्यादा आनंदित हो गए राजा परिचित सुखदेव जी महाराज से कहा महाराज आपने इस चर्चा को इतना संभाल कर रखा है सुखदेव जी महाराज ने कहा चर्चाएं ऐसी होती है ये कभी कभी वो काम कर देती है जो बड़े बड़े सत्संग में लोगों को ज्ञान नहीं मिलता ऐसी चर्चाओं से ज्ञान की प्राप्ति होती है तुम्हें आनंद आया कि नहीं तुम्हारे दादी का विवाह का चर्चा मैंने तुम्हें सुनाया आनंद आया नहीं महाराज मैं सात दिन में सबसे ज्यादा आनंदित आज हुआ हूं मेरा तो भूख मर गया महाराज मुझे अपने सभी की कोई चिंता नहीं प्रति जी महाराज ने कहा परिचय तुम्हारे सामने साक्षात मौत खड़ा है सातवा दिन है तक्षक आता ही होगा और तक्षक के द्वारा तुम्हारी मृत्यु है महाराज ने स्वागत करता अरे मृत्यु से वो डरता है जो पाप करता है पुण्य करने वाला मृत्यु का स्वागत करता है मैंने अपने जीवन में कोई ऐसा काम नहीं किया मृत्यु मुझे कष्ट नहीं पहुंचा सकती, वो काल के सामने भी खड़ा हो जाता है जो पुण्य पूर्णिमात्मा होता है जो अधर्मी होता है पापा पापी होता है अत्याचारी होता है मौत से वो डरता है मौत का तो स्वागत करना चाहिए आइए यहाँ का, का काम मेरा पूरा हुआ परमात्मा अगर मुझे कोई दूसरा काम देते हैं उस काम को भी मैं अपने हाथ में लेता हूं और जवाबदारी के साथ उस काम को भी पूर्ण करने का मैं प्रयास करूंगा ऐसा होना चाहिए जीवन का लक्ष्य जीवन का लक्ष्य प्राण लक्ष्य ये होना चाहिए सोलह हजार एक सौ आठ रानी एक रानी से दस पुत्र और एक एक कन्या देखो कितना लंबा परिवार फिर उसके बाद ऐसा ना हो कि एक दिन यही शासन करने लगे कहीं एक दिन यही शासन न करने लगे तो क्या करो इस दो सब कुछ तो लीजा किया भगवान ने कुछ महात्माओं को द्वारका ने बुलाया और कहा तुम यहां हो अब इनकी बुद्धि को पलट पलट दिया अपने परिवार के बच्चों की बुद्धि को भगवान ने पलट दिया तो जो उनकी रानियां थी कुछ बालक आए और कहा कुछ महात्मा हमारे द्वारका के तो बाहर बैठे हुए चलो देखते हैं कौन फों है कौन अच्छा एक बालक उन्होंने स्त्री बना लिया उसके तो अंदर कपड़े से बनाकर करके उसे गर्भवती का आकृति दे करके और उसको सांस में ले गए महात्मा पास ले गए और कहा भैया महाराज जी हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं हम आपसे पूछना चाहते हैं कि हमारी भाभी के गर्व से लड़ता हो गया लेकिन अब सभी महात्मा कोई कान चपके कोई नाच चपके पल्ले पड़े सब ना अब वो बरावटी स्त्री बन के आई स्त्री हो तो समझ में आए कई महात्मा देख रहे हैं कोई नाच छपक रहे हैं, कोई पत्र पड़ते देख रहे हैं पर कुछ समझ में भी न आए बहुत समय हो गया तब दुर्भाषा जी वहीं पर बैठे हुए थे कहा उन बच्चों को मेरे पास भेजो दोनों बच्चे वहां गए हाँ महाराज बताओ कि हमारी भाभी के गर्भ से लड़की होगी या लड़का? जी कहा मूर्ख तुम्हारे गर्भ से लड़की होगा या हो गई और घबरा गए दौड़े भागे सब अपने अपने घर गए वहां जाकर के कहा कैसा कर करें तो कुछ जो घर के बुजुर्ग थे उन्होंने कहा घबरा मत ऐसा करो जो ब्राह्मण ने श्राप दिया है वो सत्य होकर रहेगा अब इस लड़के गर्भ से मुसल होकर रहेगा तो तूने एक काम करो इस मूसल से हमारे समाज की हमारी परिवार की जो मृत्यु का कारण जो बताया गया है उससे बचने का प्रयास करो इस सब लगे समुद्र के किनारे मुसल को और सभी बैठ करके अबारी बारी से उस मुसल को पत्थर में रहकर घिसने लगे पत्थर में घिसने लगे ताकि ये तर हो जाए और समुद्र के पानी में मिल जाए हमें कोई खतरा नहीं होगा पूरा मोसा घिसते घिसते छोटा सा बच गया अब कहा तक हाथ में आए इतना वही समुद्र के किनारे जो हरे हरे जो घास होते हैं उसको एरक घास कहते हैं। उन्हीं को लेकर के यादव आपस में लड़ने लगे अब एक दूसरे से उसी घास के द्वारा एक दूसरे के ऊपर प्रहार करते थे और उसी में गोविंद आया नमो आज जो छोटा सा टुकड़ा था, एक मछली उसे निकल गई, गई, वो वो मछली मछली इसी इसी धीवर के हाँ लग गई, इसी के हाथ हाथ। लग उस को कितना ज़्यादा पसंद हुआ अपने राजा को लेकर नाम दे दिया और जैसे ही वह राजा मछली को प्राप्त किया और जैसे उसे, उसे काट करके देखा तो उसके पेट के अंदर छोटा सा लोहा का टुकड़ा तो उसको लेकर के आया उसको लाया तो कहा ये लोहा का टुकड़ा बहुत मजबूत है अगर किसी शिकारी के हाथ में लगे आते कुछ काम आ जाए तो राजा ने शिकारी को दे वो शिकारी अपने बाण में उसको सामने लगा लिया लोहे अब बड़ा प्रसन्न हो गया भगवान ने कहा अब यहाँ से जाने का समय आ गया है अच्छे लीला वाले मन गाँव आते हैं चिक्का चौहत्तरी है गाँव वाले उनके मुँह पर ही उतर दिन बढ़िया टाइम पास हो गई अब ये रिया का जल्द लीला वाले अब लीला वाले मन पहले था दो दिन पहले टिकल वाले फोन कल क्या ले चौथी आधा सामान कपड़ा कल कल कल? कल मलधर तैयारी तो शुरू जाए भगवान की तैयारी शुरू अब हमें यहाँ नहीं रहना है हमारे एक सौ बीस वर्ष का जो समय हमें प्राप्त हुआ था अब हमारे जाने का समय आ गया था देवता से भी एक बड़े देवता होते हैं जिसको कहते हैं भौमपुरुष भौम पुरुष उनका नाम भौमपुरुष ने देखा परमात्मा के अब मृत्यु रूप से वैकुंठ आने का समय हो गया है पर उनको याद दिलाना पड़ेगा उनको याद दिलाना पड़ेगा कैसे याद दिलाएं? अब हम तो यहां बैठे हैं, कहते हैं जो बद्रीनाथ का रास्ता है जिस रास्ते से पांडव लोग स्वरगर उड़ गए थे उसी रास्ते में आगे चल करके उस भव को उसके घर जाने का रास्ता परम परमेश्वर अपनी लीला 120 वर्ष तक के दिखा करके वृद्धि में अपने भक्तों को प्रसन्न करके उनकी मनोकामनाओं को पूरा करके अब ये बैवकूठा रहे सभी स्वागत में करें आज स्वागत सभी फूलों की वर्षा कर रहे हैं इधर शिक्षा देव जी महाराज ने राजा भक्सी कहा तुम्हारा भी जाने का समय आ गया है तपक्षक आता होगा तुम हरे का स्मरण करो चित्त को परमात्मा के चरणों में लगाओ ताकि ताकि आपके जो अंतिम समय है जब जीव का जाने का जब समय हो तो अपने चित्त को ईश्वर के चरणों में लगाना चाहिए ताकि हमारा संबंध ईश्वर के साथ जुड़ जाए कहते हैं कि अंत या मती सा मृत्यु के समय जीव का जैसा मती होता है जहां उसका चित्र चिपक जाता है फिर वैसा ही जन्म लेकर मृत्यु लोग फिर आता है तो अपने चित्र को परमात्मा के चरणों में लगाओ ताकि तुम्हारा जो कर्म है वो अच्छा बने शि तो को तुम प्राप्त करो मोक्ष को प्राप्त करो इधर परिचित भी जो मैकुंठ से एक रथ आया जो मान आया भगवान का उस रथ में पार्षद आए पार्षदों ने परिचित को तो अपने हाथ से उस विमान पर बिठाया और आकाश मार्ग से उन्हें बैठे खुले गए अब इधर परमात्मा अपने सभी यादव वंशियों का संहार करके संघार करते हम लोग क्या करते हैं हमारे परिवार में कौन है कौन नहीं ये नहीं देखते कितने अच्छे लोग हैं कितने बुरे लोग हैं ये हम नहीं देखते हमारा परिवार बड़ा हो गया ये देखते पर हमारे परिवार के लोगों के द्वारा हमारे समाज में कौन से अच्छे या कौन से बुरे कर्म हो सकते हैं हमारे परिवार के लोगों को इनसे क्या अपेक्षा करनी चाहिए और हमारे परिवार के लोग इनकी कितनी अपेक्षा को पूरा कर सकते हैं इस बात का ख्याल रखना चाहते ऐसा संस्कार देकर करके जाना चाहिए कि हमारे परिवार के बच्चों के द्वारा हमारे परिवार का अच्छा से भरण पोषण हो अच्छा संस्कार प्राप्त हो ऐसा अच्छा कर्म किया जाए ताकि हमारे परिवार का नाम हो हमारे पूर्वजों का नाम हो ऐसे सुखदेव जी महाराज राजा प्रसिद्ध को श्रीमद भागवत के अध्यम से सुंदर भगवान जो चर्चा सुनाते हैं उनके कष्टों को भरते हैं उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं और सभी साधु महात्मा जो नैमे में बैठे हुए हैं सूर्य महाराज ने कहा सोना का ये भगवान की कथा हमने आपको सुनाई इससे आपका सदगति होगा आपके मन को शांति मिलेगी आपके जीवन में सुख और समृद्धि की वृद्धि होगी आपकी जो भी मनोकामना हो आप ये ऐसा पुराण है ऐसा कल है इसके नीचे जो बैठ करके जो भी कल्पना करता है ईश्वर कहते हैं कि मन की हर बात की कामना, कल्पना को मैं पूरा कर देता हूं पर विश्वास होना चाहिए दृढ़ विश्वास हम फलदायक तो। आप विश्वास करोगे तो आपको तो फल मिलेगा आपका विश्वास कैसा है इस पर निर्भर है फल आपका विश्वास परमात्मा के चरणों में दृढ़ होना चाहिए इसलिए लक्ष्मण ने भगवान से कहा था व माता चिता त्वे व हम भी कहते हैं पूजा के बाद त्वे व माता चपिता त्वे व पर कहा था लक्ष्मण से भगवान ने कहा था भगवान राम ने कहा लक्ष्मण तू कहता है माता विद्या कहते तो हो पर कहा था लक्ष्मण ने कहा आप, से आप से अंतर्यामी तो अंतर्यामी हो आपसे क्या छुपा है सकता अंतर्यामी का मतलब क्या होता है जो सबके अंतर मन को झांक कर देख ले उसी का नाम है अंतर्यामी आप तो घर घट में हर प्राणी के हर जीव के हृदय में कर देख सकते हो कि उसका आत्मा उसका माता कौन उसका पिता कौन उसका बंधु कौन उसका भाई कौन तो क्या आप मेरे हृदय में नहीं देख सकते कि मैं कहा से बोल रहा हूं मैं जो बोल रहा हूं मैं आपका न छोड़ा हूं आपका सेवक त्वेव तो माता पिता त्वेव तो और जो जिसने जन्म दिया मैं किसी को नहीं जानता मेरे लिए एक ही मात्र पाने तुम हो हमारे आपके चरणों की सेवा की है मैंने आपको ही माता पिता बंधु बांधव सब कुछ जाना है ये भावना जिस दिन के हृदय में आ जाए समझ लो आपका चित्त परमात्मा के चरणों में चल गया है आपकी भक्ति भगवान के लिए है आपकी श्रद्धा भगवान के चरणों में है तो आपको इस माया मोह के झंझट में फंसने की धरने की कोई आवश्यकता नहीं आप ऐसे ही बना भी नहीं सकते परीक्षित की मृत्यु हो गई को प्राप्त करते हैं परीक्षित भगवान भी अपने धाम को चले जाते हैं कथाएं बहुत लंबी है अनुसार ही वो चलते वेद कहते हैं कि यह श्रीमद भागवत परमात्मा की भांगमयी मूर्ति है जैसे अपने घर में प्राणी के जाने के बाद एक तस्वीर बना करके श्रद्धा से उनका हम चिंतन कर सकते ऐसे ही व प्रतिमूर्ति परमात्मा का श्रीमद भागवत महापुराण है इसीलिए इनको साक्षात परमात्मा का ही स्वरूप माना जाता है इसलिए सभी लोग उनके चरणों में आ सकते महाराज को भी अपने तीर्थ यात्रा से निकल कर गए सभी लोग चले गए नवी शार बैठे हुए महात्मा की अपने सब के लिए चले गए कुछ जी के लिए चले गए जितने श्रोता समुदाय थे सबको अपने जीवन का मूल जो लक्ष्य है क्या करना चाहिए ये सब कुछ समझ में आ गया और अपना जीवन जीने लगे। पर किया जाता है है और और यहीं पर एक चिंता तैयार होता कहा कुरुक्षेत्र में गौरव और पांडवों के बीच युद्ध चल रहा है। गौरव और पांडवों के बीच में युद्ध होना है दोनों तरफ अपार सैनिक कई अक्षोरी सेना गौरवों की पाण पढ़ों की संख्या बहुत कम अर्जुन घबरा गए क्यों क्योंकि तो वो संस्कारिक वाला थे अर्जुन अर्जुन इसलिए घबरा गए और भगवान के पास गए भगवान कहा प्रभु मैं अपने ही हाथों से अपने परजनों की हत्या करूंगा क्या मैं अपने ही हाथों अपने परिजनों की हत्या करूं? ये गौरव पर्णों का जजूद हो रहा है इसमें अपने ही अपने को मारेंगे ऐसे कैसे हो सकता है भगवान ने कहा मन जैसी बातें मत सकते जो प्राणी यहाँ आया है सबको यहाँ से जाना है कौन जिसको मार रहा है इसको छोड़ो अर्जुन जो मैं कह रहा हूं वो करो तुम अपने हाथ में मार उठाओ और करो के प्रहार करो महाराज मेरे से नहीं हो रहा तब भगवान ने अर्जुन को गीता का ध्यान दिया और कहा बेटा ये शरीर मरता है और आत्मा अमर है बोलो बिंदा भाई, भाई लाल जय मात्र पांच मिनट एक शब्द बोलूँगा पूरा गीता का सारो शरी है अर्जुन ने कहा भगवान ने कहा अर्जुन अर्जुन से अर्जुन ये शरीर मरता है आत्मा अमर है कैसे बताओ बोले हाँ बताओ महाराज मैं भी जानना चाहता हूँ एक बात बाली और सग्री में युद्ध हुआ बाली और सुग्री में युद्ध हो बाली मारा गया सगरी के हाथ कहते हैं सुख्रीव के हाथ में पर भगवान ने छल से मारा था सुख्रीव को सामने किया था और अपने से बालिद को मारा था तो बाले तो मारा गया पर उसकी जो पत्नी तारा थी वो रो रही उसकी पत्नी तारा वो रो रही थी दहाड़ मार मार के छाती में अपने हाथ मार मार के रो रही थी भगवान ने कहा है बेचारी बहुत दुखी हो गई क्योंकि इसका पति मारा गया अब ये पत्नी के पति के गिरह में ये रो रही है इसको समझाना चाहिए कथा को ध्याल से सुना चाहिए भगवान ने बाली को मारा है बाली की पत्नी तारा है तारा आज रो रही है कि मेरा पति मारा गया भगवान कहते हैं कि तारा को समझाना चाहिए भगवान स्वयं जा रहे हैं तारा को समझाने के लिए और कहते हैं तारा तो क्यों रो रही है? तारे तारा ने कहा मेरे पति मारे गए भगवान ने कहा तेरा पति तेरे सामने तो पड़ा है तारा तेरा पति तो सामने पड़ा हुआ है तारा ने कहा महाराज ये मेरे पति नहीं मेरे उस पति के प्राण शरीर हैं। ये इसमें प्राण नहीं है शरीर है ये तो बोलो देवी तुम अपने पति के शरीर से प्रेम करती थी या आत्मात्मा तुम अपने पति के शरीर से प्रेम करती थी तो ये शरीर तुम्हारे सामना और देवी एक बात और बता दो बोले हाँ बताओ अगर तुम अपने पति के शरीर से प्रेम करती हो तो ये शरीर तुम्हारे सामने है अगर पति के आत्मा से प्रेम करती हो तो देवी बता दू वह आत्मा अजहर और अमर है यहाँ नहीं तो कहीं कही न कहीं वो जन्म लेकर आ ही गया होगा तुम इसकी चिंतन करो तुम्हें भगवान तुम्हें भगवान शंकर को जैसे माता पार्वती बार बार प्राप्त कर लेती है तुम इसकी चिंतन करोगे आने वाले समय में तुम अपने पति को प्राप्त कर लो क्योंकि देवी ये शरीर मरता है आत्मा अमर है अब तुम पुरान मार के दिखाओ समझा के देखो ओकर पति गोविंद आए नमो नमा कर दो अब जाओ समझा, समझ का कर बताओ लेकिन आज भगवान समझा रहे हैं किसको अपने हाथ से बाली को मारे हैं अब बाली को मारने के बाद तारा को समझाने गए तारा क्यों रह रही हुँ? बोले महाराज मेरे पति चले गए तुम्हारे पति ये सामने तो पड़े हैं बोले ये उनका शरीर है तो तुम शरीर से प्रेम नहीं करती थी किससे प्रेम करती थी अगर शरीर से प्रेम करती हो तो शरीर सामने पड़ा है प्रेम करो। नहीं महाराज तो इसमें क्या नहीं है बोले आत्मा तो तुम आत्मा से प्रेम करती हो बोले हाँ महाराज तो आत्मा देवी अजर अमर है नैनम चंदन दिशाणी ये तय देवी नैनम छिंदम तिश्राणी नैनम दहति पावकर न चयनम ने शयम न शोषयति सयति आत्मा वो अजर अमर है न तो अस्त्र के द्वारा उसे काटा जा सकता है न तो पानी के द्वारा भिगाया जा सकता है न तो आगे के द्वारा जाया जा सकता है उसे कोई नुकसान कोई नहीं पहुंचा सकता देवी तुम तो प्रार्थना करो तुम्हारे पति फिर, फिर मिल जाएंगे तो पति के रोना ठीक नहीं है आए हैं सो जाएंगे राजा जो आया है उसको एक दिन जाना है तुम मत रो। अगर तुमने सच्ची सेवा की है तो तुम्हें अगले जन्म में वही पुण्य प्राप्त होंगे इसलिए उनके कर्मों पर ध्यान दो। तुम्हारे लिए उन्होंने क्या किया इस पर विचार करो तुम्हें विचार करना चाहिए कि तुम्हारे पति तुम्हारे जीवन के रहते तक तुम्हारे लिए उन्होंने क्या किया इसको ध्यान रखो और उसके जाने के बाद तुम अपने पति के लिए क्या कर सकती हो इस पर विचार करो देवी ये जीवन बड़ा अमूल्य है एक बार मिलता है बार बार नहीं ऐसा अर्जुन से कहते हैं भगवान अर्जुन तू क्या समझता है कि तेरे बाढ़ चलाने से कौर मारे जाएंगे इस भ्रम को टालो तुम्हारे बाढ़ में इतनी शक्ति नहीं है कि तुम को मारो, करो कुमार मोरा हैं तुम्हें मात्र एक सहारा देना है बस मैं तुमको निमित्त बना रहा हूं कि तुम्हारे हाथों जस हो जाए तुम्हारा नाम हो जाए तुमको आगे बढ़ाने के लिए मैंने कहा है कि अनुजाम हो सामे जाओ बाढ़ चलाओ वो तो मारे गए पहले से चुके हैं वो तुमको मात्र बाढ़ चलाना है बस यही चाहता हूँ कि तुम बाढ़ चलाओ तब अर्जुन को तो जब भगवान ने गीता का ध्यान दिया तब परीता के सामने अर्जुन ने अपना माल निकाला पर करके, और पर प्रहार किया सभी करो मारे गए पांचवे पांडव सुरक्षित रहे भगवान ने सबको आशीर्वाद दिया अंत तो में भगवान ने कहा अर्जुन और क्या सुनना चाहते बोलो भगवान ने प्रभु मैं चाहता हूँ मैं आपके साथ हमेशा बना रहा मैं आपके सामने हमेशा बना रू आपका भक्त बनकर आज भी कहते हैं कलयुग में कि भगवान के सामने अर्जुन हमेशा रहते हैं उनके सेवापन करके अब भगवान को अर्जुन ने क्या क्या नहीं बनाया एक भक्त में समान का भक्त होता है तो भगवान को कुछ भी बना सकता है अर्जुन ने बनाया है साखी बनाया गुरु बनाया अंत में साला भी बनाया भक्त में इतनी ताकत होती है सेवा कर करके उसे अपना सारा भी बनाने की समर्थ होती है और ने भगवान को अपना सारा भी बना लिया भूत भी बनाया था जब युद्ध का समय आया तो संदेश वहां बना करके भगवान को और दुर्योधन को समझाने के लिए भेजा था और दुर्योधन मूर्ख था वो समझ नहीं पाया ये सभी कथाएं भगवान लीला ये सम्मान जीवन को सही राष्ट्र को लाने के लिए है उनके भविष्य को संभालने के लिए है अलखन कथाओं से हमें अच्छे अच्छे पूर्ण सीखने चाहिए इस कथा के तो माध्यम से आप लोगों को जो दुखी प्राप्त हुआ होगा अपने जीवन में तो प्रयोग कीजिए अपने जीवन को संभालिए और आज का कथा कहीं से पर है इसके बाद जिसको साथ नाम का पाठ होगा अपने सामने आप गीता रखिए उस पर आप पुरुषों की वर्षा करेंगे उसके बाद हवन का कार्यक्रम का होगा हवन कार्यक्रम हो के का बाद फिर आज का कार्यक्रम का पूर्णतः समापन होगा सभी से रिजन है कि आप लोग आर्थिक खड़े हो जाएंगे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 हरेना चर्वध सिंहतरा सा बहुत जितने इंद्र सिंह नगरा एवं राजनगर वाला लेकिन इंद्र सिंह के रूप में राजनिष्ठ बाद में भी रामलीला जितने भी बादलों राजनीति पर इंक्रम आओ सदन के साथ जितने जितने अन्य नाम बहुत जितने भवल रास्ता आओ ना काम ना लाल विश्व ही विश्व विश्व निकलती नवगुरु की हो अनुभव्यू धर्म धर्मी ये सारे सारे सजगानों प्रभारम युगों भीम अर्धों के दो माह होते हैं बाहर होगा माह मेरा अहिरों आने सामने जो बहुत दूर योग माह का मैं कहता हूँ कि जब से जमा हजारों तनीया ना ये दिन जो माह जाता है तो सभी उत्तर के चरों की उत्साहन चरों जो जो चरों के चरों का अनदानी योगी लक्ष्मी हेर्मा जो मीम परातमा आधार मिली हो जाता उस अवस्था में गया और इन से पूरा से आ प्राण का जो अवस्था रागा पुराण के दिया राण रे प्राण ने मिला कथन से निजाम गर्व विक्री हो जरा और वर्षा सर्व द्वारा विवेकानंद का आप ले लिए ये गेमिंग जो हुआ ज्ञान क्या यज्ञ योग यज्ञवान यज्ञ यदेशन योगी जानते जयंती चक्रे कार्य ऋतु काम ज्ञान श्री ज्ञान ज्ञान श्रेन स्मृति नम यदम येदम ये होती धर्म हो जाती धर्म काम प्रदाया राय क्रिया करना करना नोदी वन बिहारी लाल की जय अभी तुलसी वर्षा के बाद जीता के चढ़ोतरी होना है तो जन जन श्रद्धालु भक्त संभाल चढ़ोतरी करना है तो आकर के प्रेम पूर्वक चढ़ा सकत है और अपन नाम जय घोष लगवा सकते हैं गोल बीम बिहारी लाल की जय कि चढ़तरी पर पड़ोस ने स्वाम स्वाज स्वाम स्वा अपन अपन गुरु मंत्र से हेलो मानदाय ग्राहक शांत है शांति महान सेवा संस्थान से खबर सब साकला डाल दे हेलो तो वो बोल सही बोल वो सुनो छोड़ देना, दिन पर छोड़ दो। सोनू है करा। देव स्ना स्नाहता कुंकुम कुंडुक काम दिव्यां कामली काम सब भवा कुकुम चल कुमकुम, समर्पया कुंकुम प्रतिहता कुमकुम समर्पया अगरबत्ती है ब्राह्मण से ओम शाम ओम केय विष्णु नम ओं श्रीनाथ नम ओम महादेवाय नम ओम श्री गौरिये नम ओम श्री नसा नम ओम ना कमलाश नो कर्ण नटेशम देवाय नो कार्याम ओम ओम श्री नम ओं तो सेमरा ओ रेवा राजाओं को जीते छोटे पकड़ लेते हैं हाथ में लगाला नैतिक धात च ओम रोजयत्रियंतो ओम निजत्रियंतो ओम निजत्रियंतो साध्यजत्रियंतो ग्रहजत्रियंतो लोगाजत्रियंतो ओम निजत्रियंतो महापितृ सतो आंगदाबुजोत्रो रक्षंतो ओम मरुदखानाभी ृपयनृपयो ओम ओम ओम ओम ओम ओम लोक कृपय तृपय उत्तर तरफ और रिकोडा क्षेत्र के तीर्थयात्री और चेतन गुप्ता क्षेत्र के तीर्थयात्री और अंतरक क्षेत्र के तीर्थयात्री कोनधरवा राजा क्षेत्र के तीर्थयात्री और अंतर क्षेत्र के तीर्थयात्री ओम श्री श्री नर देवता के तीर्थयात्री याना तीर्थयात्री समाज क्षेत्र के तीर्थयात्री और नील क्षेत्र के तीर्थयात्री ओम लेकर विकोदरा क्षेत्र के तीर्थयात्री हां एक बार से नमस्कार के है ओम श्री आदि ओम पियो गो माता लोटा पानी पूरा राम है आमीन लाइन कार्यक्रम का लोगो माता की जय नमस्ते बनाए खड़े रहिए भई मां चले चलो हम तुम कहां बैठ जाते हैं हम लोग यहां से बोलवा जाए हो तुम ही बेटा से एक बार हो नहीं बस करना हो तो <laughs> सोचा <laughs> <laughs> क्या तवे हो? जा पानी। नहीं वाले सरदार ना। सुरक्षित तो सदर्सी <कट्त्ति> करसी बात डालत जा कर खड़ा हो जाए टिकट करवा रजक की ओर से भगवान लक्ष्मी नारायण के तरव से ग्यारह रुपया सागर रजक की ओर से ओर से भगवान लक्ष्मी नारायण के तरव से पंद्रह रुपया मानसी शाहू की ओर से भगवान लक्ष्मी नारायण के तिरवती वहीं से बोल की जय ड्रोन का पार्ट हां ले ले कि खाएं मम्मी आजा आजा रघु आने में बहुत हो गया था देन देती रखा आओ चोरी मिला प्योर से भगवान लक्ष्मी नारायण के से मर पर चोर मिल की कि एलीली एलीली ले मेरा जाना रेमर बाइक बढ़िया रेमर बाइक क्या बढ़िया नहीं ना करना नहीं नहीं ऐसा बच्चे की सवारी नहीं गुरु गंगा मन हरियाणा श्रीमद भागवत महापुरा रे गीत गुरु सरा वही की। ति पावन पुराण के आरती अति पावन To the garden, you are the gardener. एक बार थोड़ा सा कार्यक्रम है बढ़िया, सुनना चलो। बौर वृंदावन बिहारी लाल रुपया सेवेन्द्र पटेल की ओर तो से श्रीमद भागवत के चौधरी पढ़ोन बिहारी तो से आदिति साल की ओर तो से ग्यारह रुपया भागवत भागवत की बिहारी बिहारी लाल लाल जय जय जय महापुराण ओम परमात्मने प्रथम भारत वर्षे हरे अवर्तक दे नर्मदायाँ दक्षिण भागे विकुंस बौधावतरे राक्षसनाम संवत्सरे अमु आने सौम्या अमुक ऋत शरद ऋतौ महापद्मा फुपे माससे कुसे शुभे शुक्लपक्षे एकादश्याम धुकृत अच्छा दिन भगवान तो लक्ष्मीनारायण तुझे दिन एकादशयां दिथ शुक्र शनिवार वासरे अपन अपन नाम अपन अपन गोत्र के जेखर निमित्त हम कथा श्रवण करें हन दसोनी श्रीतस्तोनी सदगति प्राप्त मेंर्थे मम गृह श्रीमद्भागवतः ज्ञान यद शाहघनता संसदीर्थे नारायण प्रसन्ना ब्राह्मण दक्षा दात महमेद यहाँ द्रव्य जो ना भगवान बोलो पर करा ले विष्णुर विष्णुर विष्णो नम परमात्मे श्रीसेवार्वरा वैश्शव अषाव सत्तव कलुवे कलिपुरचने जम्मूदीपे भाजे भाग श्री हरियाविशे नर्मदायाँ दक्षभागे विक्रमसकता राक्षसा शे अमु सौम्याने अमुघत सरदृत महापन्मासे गुआरमासे शुभेशुक्लक्षे एक शनिवारसरे मम गृह श्रीमदभागव यज्ञ सप्ताह निर्भ्नता संसिध्यर्थे लक्ष्मीनारायण तीत्यथे दशा दशास्तुशी महम संप्रदे एवं जोन भी देना है खान पान सोना शनि तेर छा जो भी इच्छा हुए मन में सब तहिक्ष के भगवान के कहा आज आज आज दिन दिन ले सात श्रीमद् भागवत से ये कथा हो। वो कथा श्रवण कर उतारो हमारे चरित्र में वो ज्ञान परिलक्षित होना चाहिए दिखना चाहिए एक दूसरा सबसे पहले बात जब कोई आदमी अपने घर में बड़े काम करते जहाँ चार ठंड बढ़ते रहते थे वहाँ एक दूसरे से टकरा कर टकराए से आवाज आते सब लोग भूल जाना है जितना भी साधन के अंदर मान सम्मान कुछ मगर कमी भी है या नहीं पाए बोल पाए है एक दूसरे से सब लोग भूल जाना है एक नया जिंदगी आज से प्रारंभ करना है अभी से प्रारंभ करना है।, है ना जीवन बहुत अमूल्य है समय बहुत कम है अब वो समय के कीमत लग ध्यान रखते हुए अपन जीवन जीना चाहिए ये समय एक शरीर जो बड़ा मुश्किल से प्राप्त होते हैं अब शरीर के प्रति कचका झंड एक भावना जुड़े हुई थे कोई कहते थे मोर पुत्र अच्छा जगह पहुंच जाए कोई कहते थे मोर पति अच्छा जगह पहुंच जाए कोई सोचते कि मोर पिता अच्छा जगह पहुंच जाए ये भावना लेकर ले के परिवार चलते तू मन इतना सुंदर अच्छा काम करे हो तुम्हारे परिवार में जय जयकार होए, चार जगह तुम्हारा नाम चले मैं यही कामना करते हुए भगवान से प्रार्थना करता हूँ वहाँ जीवन में प्रकार के सुख और साधन सम्पन्नताएँ बने रहें लक्ष्मीनारायण भगवान वहाँ ऊपर हमेशा कृपा करे आना जाना दुनिया में लगे सबके को आगे चल रहे थे को पीछे चल देते हम अगर वही लग घर के बैठ जाबू तो अपना जीवन वही में रुक जाए जिस्थिर हो जाए तो वो सब चीज याद तो करना है पर इतना भी याद नहीं करना है कि हमारा रास्ता वहीं पर बंद हो जाए हमारा कार्य क्षमता वही में रुक जाए हमारा जिंदगी वही में रुक जाए काबल के आने वाला भविष्य जो है बहुत कठिन मान के चले, कैसे अगर तय कठिन मान के चलभ तो परिश्रम अच्छा करवे सरल मान के चलब तो तो भगवान के प्रति विश्वास होना चाहिए अगर जीवन सरल है तो परमात्मा के प्रति श्रद्धा रख जोन भी मैं काम अच्छा करी भगवान अवश्य सहायता देता है जैल अपन परिश्रम के ऊपर गर्व है वो परिश्रम करे कसके पैसा इकट्ठा करे धर्म कर्म करे और जल भगवान के ऊपर भरोसा है वो भगवान के भरोसा में अपन जिंदगी सुचारू रूप से चला सकते तो जीवन सरल भी है काकड़ पर जल भगवान के प्रति तो श्रद्धा रख जीवन कठिन भी है जैल अपन सामर्थ्य के ऊपर गर्व रही कि मैं ताकतवर मैं धनवान तो दोनों पर भगवान कहे के जिस अपन शक्ति के ऊपर भरोसा है वो अपन शक्ति के अनुसार कर्म करे और धर्म के संचय करे और जिला परमात्मा तो पर के ऊपर भरोसा है वो ला के प्रति भरोसा रखे अपन मन आराम से नहीं नौका निकाल तो हैं भगवान के से अगर कैम और पर विश्वास करवे अगर तो मैं तो सामने में अगर समुद्र भी आ जाए तो गौ के खुर के समान कोई प्रकार के कष्ट नहीं हो तो हमेशा बोला पालता और नहीं थोड़ा अपन समर्थ के ऊपर अगर भरोसा तो है, तो गौ के खुर के जो गड्ढा तो है क्यों थोड़ा समुद्र कस लगे तो भगवान के प्रति आस्था रखते हुए अपन घर के बाल बच्चा मन के प्रति आस्था रखते हुए बड़े मन के प्रति सम्मान रखते हुए जीवन जीना है सबसे बड़ी बात ये है कि दिन में कोई भी प्रकार के को कोई बात हो परिवार के बीच में सब कटतल भूल जाना है सब कटतल भूल जाना है अभी से सब जाना चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो स्त्री हो पुरुष होए बालक होए दूसरा एक सबसे बड़ी चीज़ ये है सात दिन तक तुम्हारे घर में आत्मा तुम्हें भगवान की कथा सुनाए के प्रयास करे हो सात दिन अंदर के अंदर में ब्राह्मण के द्वारा तुम कोई प्रकार के कोई कष्ट हो ब्याज गद्दी है और ब्याज गद्दी से ब्राह्मण देखिए अगर ब्राह्मण से कोई गलती हो ब्राह्मण अधिक समय कर देना चाहिए साजन के बीच में कोई आदमी कुछ बोलते चार घंटा पाँच घंटा तो बोलत बोलत लोग कोई ऐसे शब्द मुँह को धोखा से निकल जाते, हम मुँह तो आए है ना तत्कल ब्रेक लगा लगा चल गए कभी कभी धोखा कुछ शब्द निकल गया हो है लोग कोई श्रोता मन चुभ गए हो या बेकार लगा तो है वह मैं सब भुला जाओ और सब क्षमा कर दे और ब्राह्मण लभी है न दूसरा चीज जो भी अपन गाँव के आदमी श्रीमदभागवत माँ आके जो कथा श्रवण करें हैं जोन बाहर से हमारे निमंत्रण यहाँ आए हैं वार्षिक श्रा वा शामिल हुए और सबके यादगति से बहुत बहुत धन्यवाद वह बीच में जोन की बात हुई तो, तो है छोटे या बड़े अच्छा या बुरा उस सब लोग भगवान के ही आशीर्वाद समझ के अब सब लोग वहीं पर छोड़ दें ये कथा बहुत ही अमूल्य कथा है बहुत भाग्य से प्राप्त होते हैं भाग्यम फलपोरुषम न विद्या न चकूरम भगवान के थे परमात्मा प्राप्त करे बर, तो थो थो तो तो थो थो पर न पर तो तोर सुंदरता काम आवे नो बुढ़ काम आवे तुम्हें मात्र तो भक्ति काम आए पर भक्ति करे ये परमात्मा देखते अब ओम स्वरूप तोड़ फल दे कर्म ने व अधिकार से जैसे कर्म करते आदमी वैसे वो फल के अधिकारी हो सबसे बड़ी बात एक थियो कहना चाहता हूँ मैं ृंदावन भगवान कथे गीता गीता को भगवान थे अगर तय पुरुषम जीवे मैं तुम उंगली पकड़ के समुद्र पार करवा ये देना पर्यपासेमृहम तो सुख दुख के समय को हमेशा खड़े लेकिन थोड़ा नहीं लेकिन तोरा भरोसा करनी पड़ी अब ये नहीं थोड़कर भरोसा करे काम नहीं हुई घंटा हो गया माता के तो भगवान कहे हैं धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपकाल पर सीधा थोड़ा परखना चाहिए धैर्य से ये नहीं के बिल्कुल पर घर माया था वो तो फुल मिल गया ऐसे नहीं थोड़ा धीरज रख के समय के इंतजार जाए समय रहे तरवर फले बिना समय के अनुसार ही परमात्मा कर्म के फल देते हैं। हम सुख अगर पातम तो भगवान कर्म के फल दे हम लोग दुख भी पातन तो कर्म के फल है और दोनों परमात्मा के प्रसाद बना के अब हंसते हुए स्वीकार करना चाहिए अग्वत के सबसे बड़े अगर कोई ज्ञान है और सबसे बड़े फल है वही है सुख ली उसके आनंद से जीना चाहिए और दुख ली उत के आनंद से जीना चाहिए सुख है इस बढ़िया आराम से जिए एको घंटा भर को माथा गिरा लगे ले देख लें उसका टाइम भी भगवान नहीं याद करना चाहिए कहे के तात्पर्य यह है कि सात दिन के बीच में तुम्हारे ज्ञान के बातें सीखे हो या सुने हो अपन जीवन में चरितार्थ उतारो जो भी दुखी हो विषय है अगर इतिहास से वो सब भूल जाओ जब कभी बाहर से आए गाँव वाले जब कभी आए हैं यहाँ कथा सुने लग सब यही बात कहे जाते कि अच्छा चील धारण करना चाहिए और बुरा चिल्ला त्याग देना चाहिए सबसे बड़ा ब्यारी लाल है जय भगवान मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में हमेशा सुख शांति बने रहे धन धारण से तुम्हारा घर समृद्ध रहे मैं भगवान से प्रार्थना करते हुए एक ही चीज़ देखता हूँ सर्वे भवन तो सर्वे सन्तु सर्वे भद्रा पश्युभागवृंदावन बिहार महापुराण के जय आशीर्वाद खड़ो बलो अपन स्कृतर थोड़ा खड़े आचल बस ओं सत्रिंद्रो बृहसवा सतना पुूका विश्व शतुनाक्षुरशी शिन्नो बृहस्पति दधा ओं गौ शांत छगु शांतिमृत् शांतिलाप शांपति शांति वनस्पतिशा देवा शांति ब्रह्म शांतिमा शांतिरती यत समीये तथ नो अभियंकुरभ्य सुशाद सर्वाष्ट शशाभवत सर्वे भुवंत सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यो मा तो गया ला तो <laughs> <जो गर्वेते करें। laughs> सर्वे सर्वे भगवंत सत्नराव्या भद्राण पश्यों माँ कश्य तुभा हुए ओम पूर्णमुद पुणमद पुणा पुणमुदे पुणस पुणमादायणमे वशते ओं शांति शांति सुशांतवत तातुराम साहू की ओर से उसे बोलविंदवन तिहारी लाल की जय की जय नारियल मेले ना श्रीमद भागवत महापुराण की जय भगवान से सदैसे प्रार्थना करो आप ना अपन घर में हम बनाएंगे आप हमारे घर में आए हो जो उनकी गलती हुई सोये सब क्षमा करो ऐसे भगवान से प्रार्थना ओं यज्ञमजीवास्थाधर्मा प्रथम आसन्न देहनाक महिम सचन्यात्री साध्या सन्ति देवा ओं राजय हृदय साहिने नमो व्यवश्रवणय गुरुमहे शा काम काम मह्यं कामेशरो वैश्रवणों दधा मंत्रही क्रियाहन भक्ति शुभ्र यदूत माया दिव पिपूर्ण तदस्त में दक्षरपथभष्टम्मात्रहीनम चवे तत्सर्वक्षमता प्रसिद् परमेशर पापोहम पापकर्माह पाप आम पापसमं पुनरेगाक्षपरो हरे यथा यहाद्भवा च पुष्पांजलिमया दत्त गृहा परमेश्वर समर्पयामि भागवत पुष्पाजलिशमर्पयामी गुरु श्रीमद्भागवहापुराण गीज पुष्पाजलिता आजो के प्रार्थना करो हाथों के प्रार्थना माता चबिता बंधु चषकाम विद्या जबड़मे स्वे सर्व मम देव सीमत भागवत महापुराण की जय जय यज्ञ नारायण भगवान की जय पुरुष देवता की जय गुरु वन बिहारी लाल की जय धर्म की अधर्म का प्राणियों में हो। का काल्याण गौ माता की जय भारत माता की जय हर हर हर महादेव सर्वे भगवंत शुभिना सर्वे सन्तु निरा सर्वे भद्रा पश्यो मां कश्य दुखा भवे ओम पूर्णमदा पूर्णमेवावशिषम शांति शातिशाभवत शातिर्भवत एक बार पूरा वत्मंत्रे अठावेशे कलिपचरे जम्मूदी भारत खंडे भारतवर्षे आर्यावर्त नर्मदायाँ दशभागे विपमसके भाव राक्षसनाम संवसरे अमु खन सौम्यायन अमुख ऋतौ शरद ऋतौ महाभमा शुभे मासे कुमार मासे सुबह शुक्लपक्षे एकादशयाम तिथौ मम अपन नाम अपन गुजना मम नाम, नाम लगे दद्रथ सोनी, श्रीधद्रथ स्वाणि सदगति प्राप्ति श्रीमद्भागवत महापुराण लक्ष्मीनारायण तर्थ पुराण ब्राह्मण संतोष कुमार ब्राह्मणाय तस्य सर्वे पूजा अवेश काम तस् दान करमना थोड़ा थोड़ा थोड़ा उपाचि प्रणाम कर लो बढ़िया दंडाचरण भगवान से प्रार्थना कर लेवं भूल छो क्षमा करो शरण दीना पवित्रा पढ़ने सर्वैया हरे देवी नारायणे नमस्ते बुरदुर्गा जय भरलक्ष्म भगवान तो गे जयप ओके तो किचन का देखो बहुत अच्छा है चढ़ा दे।, दे।, दे अरे लेकर मत तो ले भैया की नहीं गए